कर्क राशि के जातकों नवंबर का माह आप लोगों का कैसा बीतेगा नवंबर के माह में आप लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं घटित होंगी नवंबर माह को आप कैसे प्रभावी बना सकते हैं इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के जात को अंत तक बने रहिएगा आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले बताना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शक कमेंट करके पूछते हैं कि पंडित जी ये राशिफल किस पर आधारित है तो दर्शकों ये राशिफल हमारा चंद्र राशि पर आधारित है देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्म जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्म नाम राशि न चिंतित तो हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि जब भी आप लोग राशिफल देखा करिए तो जन्म राशि की ही प्रधानता दिया करिए नाम राशि की चिंता इत्यादि भी मत किया करिए इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 16 और 17 नवंबर को मुंबई आगमन हो रहा है जो भी दर्शक मुंबई से हैं आप लोग हमसे मिल सकते हैं 23 और 24 तारीख को दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली से जो भी दर्शक हैं आप लोग हमसे मिल सकते हैं वार्षिक राशिफल दो कर्क राशि के जातकों का हमारे इस चैनल पर पढ़ गया है आप लोग जा के प्ले में देख सकते हैं गुरु का राशि परिवर्तन हो गया है और हमारे चैनल पर हर राशि के जातकों के लिए सरप्राइज़ है पड़ा हुआ है आप लोग तो जा करके वो भी देख सकते हैं दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा राशिफल है ये ग्रहों को जो है मानक मान करके बनाया गया है जो हमारे प्लेनेट में सौर मंडल में नौ ग्रह हैं उनके आधार पर बनाया गया है वास्तविक स्थिति आपके जीवन में क्या चल रही है ये आपकी कुंडली देख ही पता चलेगा तो देखिए कुंडली में आपकी जो है जन्म कुंडली क्या कहती है आप यदि कैरियर से रिलेटेड परेशान हैं तो सब डिविजनल चार्ट डी टेन चार्ट आपका क्या कहता है पत्नी के साथ यदि आपके मतभेद हैं या आपकी शादी नहीं हो रही है तो नौमांश कुंडली संतान के साथ तो डी सेवन चार्ट तो देखिए दर्शकों आ, ये सब चीज़ें कुंडली देखने वक्त बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है इसके साथ साथ आपकी महादशा किस चीज़ की चल रही है आपके नक्षत्र क्या क्या हैं आपकी योगनी दशा क्या चल रही है ज्योतिष केवल ये राशिफल तक किसी सीमित नहीं है इसके आगे बहुत है बहुत ब्रॉड है तो दर्शकों यदि आपको भी आपके जीवन में क्या कुछ वास्तविक स्थिति में चल रहा है तो अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण करवा करके आप लोग जान सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस माह जो ग्रहों की गोचर की स्थिति रहेगी आप लोग देखिए कि सूर्य नीच के हैं यहाँ पर सात तारीख को सूर्य बुध मंगल तुला राशि में जो है संचरण कर रहे हैं शुक्र पंचम भाव में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो गया गुरु केतु शनि ये धनु राशि में गोचर कर रहे हैं राहु द्वादश स्थान में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा को मानक मान करके क्योंकि सवा दो दिन में एक हाउस में चंद्रमा रहता है अपनी कक्षा चेंज करता है तो इसमें दिखाना वो पॉसिबल नहीं था उसको मानक मान करके हमने राशिफल तैयार किया आगे बढ़ने से पहले दर्शकों आप लोगों से अपील है नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए नवंबर माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो दो तारीख शनिवार छठ पूजा जी हाँ सूर्य देव की आराधना तीन तारीख को भानु सप्तमी रहेगी चार तारीख सोमवार दिन रहेगा और गोपाष्टमी रहेगी वही पाँच तारीख सोमवार जो है पाँच तारीख मंगलवार दिन अक्षय नवमी रहेगी इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे आठ तारीख को शुक्रवार देवत्थान नामक एकाध दशी का व्रत रहेगा। बारह तारीख को मंगलवार दिन रहेगा और, रहे रहे मंगल रहे और पुष्कर स्नान जो होता है ब्रह्मा जी का फुलमून पूर्णिमा रहेगा और कार्तिक पूर्णिमा रहेगा गुरु नानक देव जी की जयंती भी रहेगी पंद्रह तारीख को शुक्रवार दिन रहेगी संकष्टी रहेगा सत्रह तारीख रविवार वृश्चिक संक्रांति जी हां देव नीच के चल रहे तुला राशि में वृश्चिक संक्रांति का मतलब है कि ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे 19 तारीख मंगलवार दिन रहेगा काल भैरव जयंती रहेगी वही बा, जो है 22 तारीख को उत्पन्न एकादशी का व्रत रहेगा इसके साथ साथ 24 तारीख रविवार दिन रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा 26 तारीख मंगलवार दिन दर्श अमावस्या रहेगी 30 तारीख को शनिवार दिन रहेगा विनायक चतुर्थी रहेगा तो दर्शकों ये तो थे नवंबर माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार अब हम राशिफल पर आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या कुछ रहेगा ये ग्रही गोचर व्यवस्था जो आपकी स्क्रीन पर आपके जो है क्या कहते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रही है इन्हीं के आधार पर ये राशिफल तैयार किया गया है सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो मंगल है ये तुला राशि में तेरह तारीख को प्रवेश कर जाएंगे और तुला राशि में प्रवेश करने के बाद जो बुद्ध हैं वक्री अवस्था में हैं ये सत्रह तारीख को मार्गी हो जाएंगे ये बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी बात रहेगी देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में आ गए हैं अपने घर में आए हुए हैं शुक्र इक्कीस नवंबर को धनु राशि में प्रवेश करेगा शनि यथावत धनु राशि में ही रहेंगे राहु और केतु के बारे में हमने आपको बता दिया है तो कर्क राशि के जातकों ये महीना कुछ सामान्य सा माना जा सकता है मान सम्मान की प्राप्ति आपको इस माह मिल सकती है जो भी अभी तक आपके ऊपर एलिगेशन आरोप लग रहे थे वो नहीं लगेंगे कोई नया प्रेम संबंध आपको स्थापित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है विपरीत लिंग के सहयोग से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है सामाजिक प्रतिष्ठा में आपको बढ़ोतरी होगी इस समय आपको लंबी यात्राओं का सुख मिलेगा जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा जो लोग प्रशासन से सरकार से परेशान चल रहे थे उनको कुछ राहत मिलेगी देखिए सूर्यदेव यहाँ फोर्थ हाउस जो होता है ये आपके सुख का होता है इसको सुखेश भी बोलते हैं ना सुख का घर जो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं सुख का घर है ये माता का भी होता है भूमि का होता है भवन का होता है वाहन का होता है तो यहाँ पर नीच के भले हैं लेकिन जो इनकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम ये उच्च राशि पर पड़ रही टेंथ हाउस पर पड़ रही टेंथ हाउस जो होता है ये शासन प्रशासन सत्ता का सरकार का होता है तो इसमें आपको राहत मिलेगी अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल आप बाखूबी करते हुए नजर आएंगे सरकारी क्षेत्र में उच्चाधिकारियों की आपको मदद मिलेगी इस माह कोई नई नौकरी आपका इंतजार कर रही है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो फिर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की हो आप लोगों को मिलेगी वहीं आर्थिक पक्ष की बात करें तो इस महीने आप स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और काफी हद तक की सफल रहेंगे काफी कुछ धन लाभ इस माह आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इसके साथ साथ आपके शरीर में जो भी अनचाहे दर्द थे पेन थे इनसे छुटकारा होता हुआ मिल रहा है करियर व्यवसाय आपका हमने बता दिया कि नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ठीक रहेगा व्यापार के तमाम नए अवसर प्राप्त होंगे वैवाहिक स्थिति की यदि हम बात करें तो वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होंगे प्रेम प्रेम करने वाले लोगों के के लिए उत्तम समय रहेगा रहे कोई नया प्रेम प्रसंग की की शुरुआत हो सकती है वही दर्शकों यदि हम टाइम की बात करें तो एक से नवंबर तक अधिकांश क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी आय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे विभिन्न स्रोतों से आय के कारण आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी आपके विरोधी परास्त होंगे मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा जो लोग भी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में परेशान थे गुरु अपने घर में आ गए हैं छठा स्थान जो होता है ये जो आपकी अज्ञात भय का है ये जो कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी लोन्स का है तो ये थोड़ा बहुत आपका ऋण चुपता हुआ आप दिखाई पड़ रहा है संतान प्राप्ति का योग चल रहा है तो आप लोगों को संतान प्राप्ति भी हो सकती है भोग विलास की वस्तुओं में रुचि बढ़ेगी फोर्थ स्थान जो होता है ये भोग विलासता का भी होता है तो इनके संसाधनों पर आप खर्च करते हुए नजर आएंगे प्रेमी युगलों में प्रगाड़ता रहेगी यदि आपके कोई विभागीय एग्जाम है विभागीय परीक्षाएं हैं तो इसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है वहीं पाँच से 21 नवंबर तक की शासन सत्ता का जो आपको भय था ये दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है लेकिन इस बीच आपका खर्च बहुत होगा ट्वेल्थ स्थान जो होता है ये खर्च का होता है ये हानि का होता है तो ये आपका खर्च कराएगा राहू आपका खर्च कराएगा माता तुल्य महिलाओं से मनमुटाव होगा मतभेद होंगे आर्थिक संतुलन बिगड़ेगा घरेलू वातावरण में उदासीनता रहेगी भूमि भवन के कार्यों में आपको कुछ असफलता मिल सकती है नीच के सूर्य यहाँ पर हैं दर्शकों कोशिश कीजिएगा 17 तारीख तक यदि आप कोई जो है ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं या कोई फ्लैट वगैरह आप खरीदने जा रहे हैं क्रय करने जा रहे हैं उसके पेपर वर्क आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा अन्यथा आपके साथ चीटिंग हो सकती है या आप कोई वाहन क्रय करने जा रहे हो उसमें भी आप लोग कागज़ वगैरह सेकंड हैंड यदि कोई गाड़ी है तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा अन्यथा लोग आपको बहुत ज़्यादा जो है चीटिंग करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे इसके साथ साथ दर्शक को बताना चाहे स्थायी संपत्ति प्राप्त होने के योग बन उच्च पदस्थ व्यक्तियों तथा विद्वान जनों से वैचारिक मतभेद होंगे शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का ह्रास होगा यात्राओं में दुर्घटनाओं का भय बना रहेगा लेकिन दुर्घटना नहीं होगी 21 नवंबर से मास के अंत तक समझौतों सहयोग तथा एग्रीमेंट्स में आपके विचारों तथा सुझावों की प्रधानता रहेगी सहयोगियों तथा साझेदारों से आपके जो विवाद चले आ रहे थे ये समाप्त होंगे आपके भीतर लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा अनुकूल वातावरण बिजनेस के लिए आपको मिलेगा दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा संतान के कार्यों से आपको कुछ लाभ होगा प्रतिष्ठा होगा पंचम स्थान जो आप देख रहे हैं ये आपकी संतान का है और संतान के कारण यहाँ आपको क्रेडिट मिलेगी किसी अनजानी अनचाही विपत्ति से चमत्कारी रूप से कर्क राशि के जातक इस माँ बचते हुए नजर आएंगे ये भी आप लोग जान लीजिए इसके साथ साथ दर्शकों यहाँ पर बताना चाहेंगे कि केतु देव यहाँ बैठ करके पंचम दृष्टि कर्म के स्थान को दे रहे हैं तो अधिकारियों के सामने आपके कुछ भेद भी उजागर हो सकते हैं सूर्य नीच के हैं तो कोई भी ऐसा कार्य मत करिए सरकारी क्षेत्र में है जिनसे आपको नुकसान पहुंचे जिनसे आपकी जेल यात्राएं हो जाए बचिएगा इन चीजों से दर्शकों इस माह के लिए जो शुभ दिवस हैं ये कौन कौन से हैं तो एक तारीख दो तारीख तीन तारीख आठ तारीख नौ तारीख दस तारीख इसके बाद चौदह तारीख सोलह तारीख बाईस तारीख चौबीस तारीख तीस तारीख आपके लिए सर्वथा शुभ दिवस रहेंगे वहीं प्रतिकूल दिवस की बात करें तो पाँच तारीख तेरह तारीख सत्रह तारीख उन्नीस तारी, तारी, तारीख पंद्रह तारीख छब्बीस तारीख अट्ठाईस तारीख और उनतीस तारीख ये प्रतिकूल दिवस रहेंगे इनमें आपको बचना रहेगा कोशिश कीजिएगा कि यदि किसी को धन देना हो तो इन दिवसों में मत दीजिएगा दूसरा दर्शकों इस माह आपको किसी को पैसा नहीं देना है यदि पैसा दिए तो समझिए कि आपका डूब गया शेयर मार्केट इत्यादि से थोड़ी सी दूरी इस माह आपको बनाने के सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय क्या करना है उपाय पर दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले प्लीज सोलह और सत्रह तारीख नवम्बर को मुंबई में मिल सकते हैं तेईस और चौबीस नवम्बर को दिल्ली में मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं शिवम जी का चैनल है राजनीति से जुड़ा हुआ आप लोग देख सकते हैं वार्षिक राशिफल कर्क राशि का 2020 का पड़ा है आप लोग जाइए और देख लीजिए और गुरु का जो परिवर्तन हुआ ये भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके देख सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा सूर्य देव नीच के रहेंगे तो एक से लेकर के सत्रह तारीख तक आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना रहेगा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना रहेगा रविवार वाले दिन गेहूँ का गुड़ का तांबे का आपको दान जो है ये धर्म स्थान पर करना रहेगा कोशिश कीजिएगा बृहस्पतिवार के दिन क्योंकि गुरु यहाँ पर केतु के साथ पीड़ित हो गए हैं और शनि भी बैठे हुए हैं तो बृहस्पतिवार के दिन धर्म स्थान पर जाइए और आपको जो है वहाँ पर श्रमदान करना रहेगा धार्मिक स्थान की जो है साफ सफाई आपको करनी रहेगी हनुमान चालीसा व बजरंग बाड़ का पाठ आपको नित्य करना रहेगा नित्य रूप से राहुल स्रोत का आपको पाठ करना रहेगा पीपल के वृक्ष पर शनिवार वाले दिन आपको जाकर के जल अर्पण करना रहेगा और सायंकाल एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक आपको जलाना रहेगा इसके साथ साथ स्नान करने वाले जल में एक चुटकी चंदन पाउडर डाल के आपको स्नान करना होगा प्रतिदिन तो दर्शकों ये तो था नवंबर माह का कर्क राशि के, के जातकों का राशिफल उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक कीजिए नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और हाँ दर्शकों अपनी कुंडली का यह विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले करके पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप लोगों के शहर में आते रहते हैं आप लोग देख करके मिल अपॉइंटमेंट ले करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार